आज शुरू करूंगा थर्टी बाई फिफ्टी का हाउस प्लान तो वीडियो के साथ बने रहो आपको अपने ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट को पूरा करने में फुल हेल्प मिलेगा और बिल्डिंग कोस्ट क्या आएगा बिल्डिंग का कॉलम्स साइज क्या रहेगा वॉल साइज़ क्या रहेगा आपको इस वीडियो में फुल हेल्प मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं मैं इसका डायमेंसन आपके साथ शेयर करता हूँ तो मैं इसका वाल जो है उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ वीडियो <hullying noises> के अंत तक बने रहो आपके हर कोई का सॉल्यूशन मिलेगा ये इसका विंडो हो गया विंडो एंड वेंटिलेटर और ये विंडो अब इसका डायमेंशन देखिए आपको डायमेंशन में आपके साथ शेयर कर रहा करा हूं। ये है अपना मेन गेट यहां से इंट्रेंस ये हो गया अपना ड्राॅइंग कम लिविंग रूम 16 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 4 इंच ये हो गया अपना गेस्ट कम बेडरूम ट फीट एलेवेन फीट फाइव इंच वाश ये हो गया, गया टॉयलेट ताकि आप टॉयलेट से निकलें और यहाँ पे आके अपना हाथ पांव और चेहरा वगैरह धो सकें यहाँ पे एक शीशा लगा सकते हो और यहाँ पे वाइश मसिन है फोर फ़ीट सिक्स इंच बाय सिक्स फ़ीट सिक्स इंच एक बेसिन यहाँ पे भी यहाँ भी लगाया मैंने वाश बेसिन यह हो गया अपना बात कम लेटरिंग एट फ़ीट बाय सिक्स फीट ये हो गया अपना डाइनिंग थर्टीन फीट सेवन इंच बाय सेवेंटीन फीट नाइन इंच ये हो गया अपना स्टडी कम बेडरूम एलेवन फीट बाय टीट ये हो गया टॉयलेट अपना जो इस बेडरूम से अटैच है सिक्स फिट फोर इंच सेवन फिट ये हो गया अपना बेडरूम एलवन फिट बाय टूवेल्व फिट ये हो गया अपना किचन ये इसका वेंटिलेटर है विंडो नहीं है वेंटिलेटर एलेवेन फीट बाय एट फीट यह हो गया अपना बेडरूम एलेवन फीट एंड एलेवन फीट सेवन इंच यहाँ मैंने फोर फीट का स्पेस छोड़ा है यहाँ से स्टेयर आप ये पैसेज पी पैसेज है अपना कॉरिडोर गलियारा आपका गैलरी इसको मैंने रखा है फाइव फीट का ये आपका स्टेयर हो गया यहाँ पे लैंडिंग ये जो पोर्सन है आपका फोर फीट एंड ऐसा जो है यहाँ से यहाँ तक का सेवन फीट तो इसके साथ ये हो गया अपना थर्टी बाई फिफ्टी तो थर्टी इंटू फिफ्टी हाउस प्लान यानी फिफ्टीन हंड्रेड स्क्वायर फीट हाउस प्लान तो इसमें जो कॉलम का जो साइज आएगा वो आपको मैं शेयर कर दूँ सी कॉलम साइज इज इक्वल टू टेन इंटू ट और बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा इसका बी यू आई आर डी आई एन जी बिल्डिंग कॉस्ट बिल्डिंग कॉस्ट आएगा इसका आपको 15 से 20 लाख डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर और इसका जो वॉल जो आएगा ये इनर प्लस आउटर इनर प्लस आउटर इज इक्वल टू 5 इंच सो यही आज का प्लान गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक like, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मई YouTube चैनल सिविल इंजीनियर बहार थैंक यू